Welcome back again. तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात कह देता हूँ देखो मैंने जो कल एक वीडियो अपलोड किया था बहुत सारे बंदे बोल रहे थे उसका जो जेनरेट लिंक होता है मतलब जो लिंक से आप डाउनलोड करते हैं अपने प्रॉब्लम दे रहे हाँ मैंने भी उसको चेकआउट किया तो मैंने किया क्या वो लिंक पे पूरा गड़बड़ था इसलिए मैंने पूरा वीडियो डिलीट कर दिया मतलब यूट्यूब कह रहा था वो वीडियो यूट्यूब के लिए सुटेबिलिटी नहीं है मुझे नोटिस आया था पता नहीं क्यों आया था अभी किसी को मालूम है तो जरूर कमेंट में बोल देना छोटा सा एक और बात बोलना था कोई किसी को माइंड में मत लेना तो देखो मुझे ना बहुत कमेंट आ रहे थे आजकल जो तू इतना पैसा कमा लेता है पर कैसे कमाता है देखो भाई यूट्यूब बस मेरे लिए नहीं आप सभी के लिए है आप चाहे तो आप भी कर सकते हो ये नहीं है मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ डोंट स्पॉन्सरशिप मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं एकदम सीरियस बोल रहा हूं आपको कैसे इनकम करना है मैं उसका फ़ायदा आपको बता दे दूंगा आगे में तो देखो आज का जो कॉन्फिक फाइल होने वाला है ना ये भी मस्त कॉन्फिक फाइल होने वाला है बस इसका जो तो साइज कम है मैं, मैं आगे भी बोला था अभी भी बोलूंगा इस कॉन्फिक फाइल के साइज के ऊपर डिपेंट मत लेना क्योंकि कॉन्फिक फाइल छोटा है पर बड़ा धमाका है हाँ गाइस आपकी डिवाइस में सही में वर्क करने वाला है और इसका अप्लॉय प्रोसेस भी पहले से थोड़ा आसान कर रखा है तो आप अप्लाई प्रोसेस भी देख के जाना पूरा वीडियो एंड तक देखो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है आज के वीडियो में तो देखो मैं आपके को मस्त ट्रिक बताता हूँ ट्रिक और कुछ नहीं देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बंदे हैं जो YouTube में कॉन्फिकाइल वीडियो अपलोड लेना चाहते हैं पर उन लोगों को कॉन्फिक फ्वाइल बनाना नहीं आता देखो गाइस मेरा जो कॉन्फिक है ना ये नॉन कॉपीडेट है मतलब आप मेरे दिवे लिंक पे डाउनलोड करके आप वो कॉन्फिकफाइल अपलोड कर सकते हो कोई कुछ भी स्ट्राइक नहीं दे सकता कुछ भी कॉपीडेट नहीं आएगा ये बात मैं आपको खुद लिख के दे, देता हूँ और एक बात गाइश मैं आपसे जो होता है ना वो क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सीधा पासवर्ड पर आपसे शो करने वाला हूँ कब तक शो करने वालों जब तक टेलीग्राम पर एक सब्सक्राइबर ना हो जाए तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को कर लो देखो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और कमेंट बॉक्स में शायद आपको लिंक मिल जाएगा तो से डाउनलोड कर लो तो चलो मैं आपको अप्लाई प्रोसेस और डाउनलोड प्रोसेस डाउनलोड प्रोसेस को आप लोगों को पता है चलो छोड़ो मैं आपको अप्लाई प्रोसेस दिखा देता हूं तो देखो पासवर्ड आपको वीडियो पर मिल जाएगा ये छोड़कर टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो कोई है इसको आपको लेना है कॉपी मत कीजिए सीधे काट कीजिए फिर आपको डिवाइस पे मेमोरी पे चले जाना होगा चले जाने के बाद आपको सिंपली एंड्रॉइड पे चले जाए फिर डेटा और डेटा पे आके थोड़ा स्कोल डाउन करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए मतलब पासवर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या।